हमको हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो तो मेरा नाम है और आप देख रहे हैं फ्री तो है, है, फायर तो मैंने पोल डाला था तो पोल पे आप सभी ने बोट किया और बोट में आपने फ्री फायर को चुना है बनाने के लिए। तो आज हम फ्री फायर पे वीडियो बनाने वाले हैं तो आज हम खेलने वाले हैं बैटल रॉयल तो बरमुडम मैप नहीं रेंडम मैप है कोई सा तो चलते हैं इमोट करते करते चलते हैं, नहीं। चलते हैं। तो भाई पे बने एक बंदा खड़ा हुआ और हमारे पास एक कौन से शॉर्ट है समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना शॉर्ट नहीं है हम चौदह है नाइन नाइन हो रहे हैं हमारे थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे साथ तो आज हम जाने वाले हैं बहुत ही खतरनाक मोड़ पे यानी कि हम जाने वाले हैं फैक्ट्री या पोची नौ कहा जाने वाले हैं बताओ जल्दी तो टॉप पे तो कौन है अमन के दर चार तो जाए चार बार मान्य समझ गए तो भीम शक्ति जाए या फिर फैक्ट्री तो हम जाने वाले हैं फैक्ट्री तो इस फैक्ट्री पे एक भी बंदा नहीं समझ रहे समझ रहे आप समझ रहे मतलब वो क्या रहा है कोई बनना ही नहीं दिख रहा है। ना एक भी पैरासूट सिर्फ हम अकेले फैक्ट्री के राजा बन चुके हैं कोई बनना दिख ही नहीं रहा हाय कोई मेरी मदद कर सकता है मैं इस अनजान जगह नहीं जगह पर आ चुका हूँ अगर कोई मददगार है तो मेरी तो हमें एक मिल चुकी है कोड तो इसको कोने में जाके कोड चलाएंगे कॉर्नर पे चलाएंगे कॉर्नर पे तो पेरा फल तो क्या गन के नाम मुझे नहीं आते ये थी किंगे एम फोर एवन तो एमओ किसके लिए बताना तो हमें मिल चुकी है हमारी गन एम वन फोर तो आज पन्ना नहीं मिला शायद पन्ना जल्दी से जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल प्रसे करो और इंस्टा पे हमें फॉलो करें और फेसबुक पेज पे भी हमको फॉलो करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो बंदा है आते ही से फायर कर रहा है मगर हमसे पंगा नहीं लेने का इधर पर एक बंदा है साइड साइड में ड्रॉप के पास ड्रॉप है तो बंदा भी होगा ना तो मिस्टर बेगर हमारे दिख नहीं रहे कौन सी जादूई शक्ति हमको दिखाई दे रही है क्या है ये? ये जादूई शक्ति क्या है? इसको यूज करते हैं क्या क्या मिल गया है क्या मिल गया गया हमको? ये ये है बाबा? कोई तो नहीं है लगता है कोई मिल गया, गया। यहाँ पर जादू, तो जादू मिल ही जाएगा जादू तो नहीं मिला मगर जादू की पेटी मिल चुकी है जो कि हमने लूट ली है और हम थोड़ा मशरूम किए तो भाई हमारी अच्छी कोशिश जंप लेकर मारने की होगा इस पीछे की तरफ से हम पे हमला हो चुका है और हम देख रहे हैं पर बहुत ही अपने चीते की चाल है हमारी और शेर जैसी दहाड़ है मगर हम अभी बंदे को ढूंढते हुए जा रहे हैं कहाँ पर तो आज मैं जो बुला रहा हूं। चिकन के को बाद। वो मैंने नहीं आने दिया। इस बनना बहुत दिखाते तो था ना। अटैक की बात नहीं है भाई। बताओ कौन सी जगह है कमेंट क्या आप भी कहीं पर यहाँ पर आए हो ये जगह साल में एक बार खुलती है तो कैसे बंदा सामने की तरफ और हम भी हाथ में कुछ नहीं लिए और सीधे जा रहे हैं और बंदा हमको नजर आ रहा है हम सीधे नहीं जा रहे हैं थोड़ा आड़ा टेढ़े होकर जाएँगे तो वैसे बंदा मार रहा है हम हमारा गुस्सा तेज़ हो रहा है और हम दोगुनी स्पीड से चढ़ते जा रहे हैं चढ़ते जा रहे हैं और बंदा सामने नहीं आया तो हम भी किंग फिशर थे हमारे पास नहीं किंग फिशर नहीं और कोई सी अच्छा चाकू ले थे हमें मानने आए थे तो हमारे पास शॉट करने ही हैं। और जॉन हमारी कसर लेने के लिए आ चुका है। ये राजू ने डंडा क्यों छोड़ दिया तो ऐसी किसी ने पेटी बना डाली यहाँ पर इसमें ग्रीन शर्ट थी न हमें न जाने की तो लगभग हमारे दो किल हो चुके हैं और बंदे अभी छः बजे तो ये कौन सी दुकान है हमें दुकान मिल चुकी है इधर से हम क्या ले सकते हैं ये राजू बस्ता ले बस्ता लेता ले लिया हमने गिरोजा and yeah. Oh